साथियों नमस्कार स्वागत है आपका जुलाई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आखिर जुलाई माह कैसा जाएगा इस माह में मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होगी जुलाई माह को मिथुन राशि के जातक कैसे शुभ बना सकते हैं इस माह में उनके लिए अनुकूल दिवस व प्रतिकूल दिवस कौन कौन से इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह को प्रभावी बनाने के लिए शुभ उपाय भी आप लोगों को बताएंगे अंत तक हमारे साथ बस बने रहिएगा दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि दिनांक 20 से 25 जुलाई मुंबई में हमारा आगमन हो रहा इच्छुक दर्शक जो कोई भी बॉम्बे से हैं आप लोग मिल सकते हैं और 10 से 13 जुलाई रायपुर आगमन हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी तो आप लोग मिल सकते हैं चलिए इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों सबसे पहले 2 जुलाई को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी आप लोगों को सावधानी बरतनी है 4 तारीख को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलेगी रथ दर्शन आप लोग कर सकते हैं बारह जुलाई देव नामक एकादशी रहेगी और ये जो दिन रहेगा शुक्रवार रहेगा एकादशी का व्रत आप लोग कर सकते हैं तेरह तारीख को पालन कर सकते हैं सोलह तारीख को पूर्णिमा रहेगी और अषाढ़ पूर्णिमा रहेगी गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है देखिए हमारे शास्त्रों में गुरु को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुमा तो गुरु पूर्णिमा है आप लोग यथा जो है मतलब सामर्थ अपने गुरुओं की ए, सेवा करिए सत्कार करिए कुछ उनको पुण्य वगैरह भी ए, कर दीजिए तो अच्छा रहेगा दूसरा एक भी बताना चाहेंगे कि 16 तारीख को ही चंद्रग्रहण पड़ रहा है भारत में चंद्रग्रह दिखेगा इससे रिलेटेड एक हमने वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर पढ़ा है क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण में ये आप लोग देख सकते हैं और सोलह तारीख को ही कर्क संक्रांति जी हाँ देखिये संक्रांति का सीधा सा मतलब है सोलह तारीख तो को कर्क तो राशि में आएंगे तो कर्क संक्रांति वही सत्ताईस तारीख को कामिका एकादशी का व्रत एका रहेगा तो जो लोग कामिका एकादशी का व्रत एका रहना चाहते हैं सत्ताईस तारीख को रह सकते हैं तो मिथुन राशि के जातकों आगे बढ़े लेकिन एक आप सभी दर्शकों के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम देखिए जी न्यूज़ का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहते तो 99 जाकर बिल्कुल सत्य हुई जितनी सीटों की भविष्यवाणी हमने की थी जी न्यूज ने जी मीडिया ने अपने जो है टेलीविजन चैनल पर उस प्रोग्राम का हिस्सा उन्होंने दिखाया और मौका दिया आगे बढ़ने का तो इसके लिए जी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग जो है देख सकते हैं कि जो भी हमने मोदी जी के लिए पुष्पी की थी या जो भी हमने आप लोग जा करके देख सकते हैं की ज्योतिषी दावा कर रहे हैं की दो हजार चौदह में पी एम मोदी की अगुवाई में दो सौ बयासी सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार साढ़े के आस पास सकती है और एन डी के पास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 इस पर हम चर्चा डाल डाल लेते हैं लग्न भाव में राहु शुक्र तथा सूर्य के विराजमान होने से बुद्धि में किसी विशेष धन को प्राप्त करने की चाहत मिथुन राशि के जातकों में बढ़ेगी मिथुन राशि के जातक एक से लेकर के 8 जुलाई के मध्य आर्थिक क्षेत्र में विकास करते हुए नजर आएंगे साझेदारी में कोई कार्य नया करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है जल्दबाजी में आप लोगों को कोई को कार्य किसी में प्रकार का कार्य नहीं करना है किसी को कोई लेन देन अथवा उधार नहीं देना है अन्यथा आप लोग परेशानियों का सामना करेंगे धन हानि का कहीं न कहीं यहाँ सहयोग भी बन रहा है अतः आप लोगो ऐसी निवेदन है की पूर्वक लिया गया फैसला आपको आप व्य की यात्राओं में परेशान होकर आपका धन भी बहुत ज्यादा खर्च होगा पाइस से आप लोग पीड़ित हो सकते हैं खाने में मसालेदार वस्तुओं का सेवन कम करें परहेज करे तो बहुत अच्छा रहेगा वही आर्ट से लेकर के और 15 जुलाई के आसपास आपको वाहन सुख सुख और धन प्राप्त होता हुआ नजर नजर आएंगे। आपके जो आपके जो जो विरोधी हैं, हैं, शत्रु ये परास्त होते हुए नजर आएंगे। आपका मन भोग विलास की वस्तुओं की अनायासी आकर्षित होगा आपके मन में कोई दुराचार की भावना बढ़ेगी अब के लिए इस ये दौरान विवाह में कोई नया रिश्ता तय हो सकता है व्यक्तियों को संतान लाभ होगा और शिक्षा तथा अध्ययन में सौंद माध्यम से मिथुन राशि के, के जातकों को आय होगी वही अठारह से तेईस जुलाई तक आपको परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होगा तो मन आपका बहुत ज्यादा व्यसित रहेगा से आप ही झगड़ जाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग भी आपका साथ नहीं देंगे। जीवन साथी के साथ लेकर के कोई नहीं दिख रही प्रया आपके कार्यो में असफलता होगी जिससे आपकी वाणी में कठोरता आएगी राजकीय भय बना हुआ है ट्रांसफर के योग बने हुए हैं चोरी अथवा अग्निकांड से संबंधित कोई घटना मिथुन राशि के जातकों के साथ माह घटित होगी आपका पाचन तंत्र धोखा धोखा देगा बिगड़ेगा तो इसका आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा किसी करीब व्यक्तियों से आपको मिल सकता है जुलाई से और मंथ के इंड तक की एक बात हम आप लोगों को बता दें प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा अन्यथा कोई बहुत बड़ा आप लोग नुकसान कर बैठेंगे योग्य व्यक्तियों को किसी जो है मतलब प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी जिनसे उनके कुछ काम बनेंगे मिथुन राशि के जातक यदि मनोरंजन से रिलेटेड गायन वादन शिक्षा तथा अध्यापन से, से रिलेटेड है, है कार्यरत हैं तो उनको बहुत अच्छा धन लाभ होता हुआ इस बीच दिख रहा है घर परिवार तथा सभी संबंधियों के साथ आपका सहयोग मंथ के में कुछ ठीक जो है होता हुआ दिखाई पड़ रहा है झगड़े झंझट समाप्तों प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो तो मिथुन राशि के जातकों था आपका जुलाई माह का राशिफल अब कुछ डेट हम आपको बता रहे हैं ये आपके लिए सबसे लकी डेट शुभ दिवस रहेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को करिएगा तो देखिए एक तारीख है तीन तारीख है चार तारीख है छह तारीख है आठ तारीख है तारीख है चौदह तारीख है सत्रह तारीख है उनतीस तारीख है इकतीस तारीख है इतनी डेट आपके लिए इस माह शुभ रहेंगी आप लोग कार्यों को कर सकते हैं और जो अशुभ दिवस रहेंगे प्रतिकूल दिवस रहेंगे तो आप लोग नौ तारीख को दस तारीख को उन्नीस तारीख को बाईस तारीख को तेईस तारीख को और चौबीस तारीख आपका हो गया पच्चीस तारीख हो गया सत्ताईस तारीख हो गया इवन तारीख की आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस दौरान आप लोग थोड़ा सा ये आपके लिए रहेगा येलो कलर जी हाँ येलो कलर रहेगा और लाइट ग्रीन कलर आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे सबसे लकी नंबर जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं शेयर पे लगाते हैं सट्टे करते हैं तीन नंबर और छह नंबर सबसे रहेगा। अब आते चंदन का पाउडर डाल करके प्रतिदिन स्नान करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा मंगलवार वाले दिन बेसन से बनी हुई कोई जो है मिठाई आपको हनुमान जी को चढ़ानी रहेगी तीसरा प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं सोमवार वाले दिन चावल का चीनी का अथवा दूध का दान किसी महिला को करे और वो महिला जरूरतमंद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस माह के पूर्णिमा व्रत को आप लोग उठा लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि माता पिता के चरण प्रतिदिन स्पर्श करिए मिथुन राशि के जात को और प्रातः काल जब आप जल्दी उठते हैं तो दोनों तो तो हथेली सामने हो और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुनेकर गोविंदा तो प्रभाते कर दर्शनम कर दर्शन करिए कर दर्शन से धन संबंधी सारी बाधाएं आपकी दूर होगी तो ये प्रयोग आपको छुटपुट करने हैं और हाँ जो है इस बार शामन जो है श्रावन लग रहा है तो प्रयास ये करिएगा की रुद्राभिषेक आप लोग गुड़ से या गन्ने के रस से करवा लीजिएगा अक्षय अच्छा लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं नए सब्सक्राइबर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को आप लोग लाइक करिए और इस वीडियो को चमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार